जय हिंद ये बाल विकास का तीसरा भाग है जो लोग भाग एक भाग दो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर पहले भाग एक और भाग दो देख लें तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान में ऑप्शन बी शिक्षक मनोविज्ञान में ऑप्शन सी किशोर मनोविज्ञान में या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान में प्रश्न नंबर दो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है यह कथन किसने कहा है ऑप्शन ए हरलाक ने कहा है ऑप्शन बी थाम्सन ने कहा है ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने कहा है या फिर ऑप्शन डी जे एस रॉय ने कहा है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने नंबर तीन सब अवस्था है ऑप्शन ए समायोजन की अवस्था है ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता की अवस्था है ऑप्शन सी समस्या की अवस्था अवस्था है या फिर ऑप्शन डी अनुकरण की अवस्था है इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए समायोजन की अवस्था प्रश्न नंबर चार हरलाक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु क्या है ऑप्शन ए दो से पांच वर्ष तक ऑप्शन बी दो सप्ताह से दो वर्ष तक ऑप्शन सी दो से तीन वर्ष तक या फिर ऑप्शन डी दो सप्ताह से एक वर्ष तक इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दो सप्ताह से दो वर्ष तक दो सप्ताह से दो वर्ष तक प्रश्न नंबर पांच मानसिक विकास एक प्रक्रिया है ऑप्शन ए सतत बी व्यापक सी ए और बी दोनों डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सतत प्रश्न नंबर छः छः से सात वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं ऑप्शन ए एकाकी खेलों में बी सामूहिक खेलों में सी एकाकी और सामूहिक दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एकाकी और सामूहिक दोनों में रुचि लेते हैं छ से सात वर्ष के बालक प्रश्न नंबर सात भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण हैं ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग बी बोलने की तैयारी सी शुद्धवाच्चारण या फिर डी ये सभी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है ऑप्शन ए एकीकरण सिद्धांत से ऑप्शन बी अंता क्रिया सिद्धांत से, से, से संबंधित है ऑप्शन सी अंता संबंध का सिद्धांत से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है यह सी 2011 का आया हुआ प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर है निर, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम अवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन बी बाल्यावस्था ऑप्शन सी किशोरावस्था या फिर ऑप्शन डी पुराणावस्था तो इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर 10 विकास का अर्थ है ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ऑप्शन बी अभिप्रेर के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव का फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सन... डी प्रश्न नंबर 11 विज्ञान का क्षेत्र है ऑप्शन सन... ए केवल शहस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ऑप्शन सन... बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ऑप्शन सन... सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है या फिर ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है प्रश्न नंबर 12 विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है ऑप्शन एक किशोरावस्था को बी पुराणावस्था को सी मध्यावस्था को या फिर डी वृद्धावस्था को इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है ऑप्शन ए पर निर्भरता ऑप्शन बी सामूहिक सामूहिकता की भावना ऑप्शन सी धार्मिकता या फिर ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव होता है प्रश्न नंबर 14 किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का उड़न है यह किसने कहा है यूपीटीटी दो हजार का आया हुआ प्रश्न है ऑप्शन ए वुडवर्थ ने कहा है बी गैरेट ने कहा है सी हाल ने कहा है या फिर डी थर्न ने कहा है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है वुडवर्थ ने कहा है नंबर 15 विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का यहां पर रिक्त स्थान भरना है किससे है तो ऑप्शन ए है परिवर्तन भरा जाएगा बी प्रतिक्रिया भरी जाएगी सी प्रयास भरा जाएगा या फिर डी परिणाम भरा जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है प्रश्न नंबर सोलह पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान भरना फिर से के प्रति कठोर होंगे आप सने समस्या के बी जीवन शैली के सी संप्रत के या फिर डी वास्तविकता के इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन शैली के पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे प्रश्न नंबर 17 शहस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं ऑप्शन ए मूल मूल प्रवृत्त्यात्मक या संरक्षित या संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का सही जवाब देंगे अगले वीडियो में यह सवाल सी टी टी दो का पूछा हुआ है तब तक के लिए जय हिंद